नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक 25 सितंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों लखनऊ को मानक मानकर के पंचांग बनाया गया है तो सारी गणनाएँ लखनऊ क्षेत्र से प्रभावी होगी सूर्योदय होगा प्रातः छः बजे और सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर छप्पन मिनट पर दर्शकों तिथि रहेगी एकादशी एकादशी तिथि कृष्णपक्ष की रहेगी और जिनके यहाँ भी आज श्राद्ध रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि अन्न का सेवन आप लोग एकादशी के दिन बिल्कुल भी मत कराइएगा फलाहार इत्यादि का ही जो है वर्णन हमारे शास्त्रों में मिल, मिलता है तो फलाहार आज आप कराइएगा एकादशी तिथि के दिन बेसिकली चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और द्वादशी को मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए नक्षत्र रहेगा खुद सुबह आठ मिनट तक की इसके नक्षत्र रहेगा करण रहेगा बालो इसके कौलो और अंतिम करण रहेगा तैथिल करण योग रहेगा तो ये रहेगा शिव योग इसके उपरांत सिद्ध योग रहेगा बुधवार दिन रहेगा भगवान गणेश जी का दिन रहेगा सख संबत्त 1941 विक्रम संबंध दो गुजराती संबद्ध की बात करें तो दो चंद्रदेव का जो चलायमान रहेगा चंद्रदेव का जो गोचर रहेगा ये स्वराशी कर्क राशि में चंद्रदेव गोचर करेंगे और जो सूर्य राशि रहेगी ये कन्या राशि रहेंगे सूर्यदेव उत्तरा फाल्मुनि नक्षत्र में रहेंगे दर्शकों राहु काल की बात करते हैं एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है तो बुधवार का जो राहुकाल होता है ग्यारह मिनट से एक मिनट तक का राहुकाल रहेगा यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज विजय मुहूर्त में कीजिएगा एक दोपहर एक बजकर सत्तावन मिनट से दो बजकर पैंतालीस मिनट तक का जो समय रहेगा ये विजय मुहूर्त का रहेगा बुधवार दिन उत्तर दिशा की ओर दिशा रहता है उत्तर दिशा की ओर यात्राएँ नहीं करनी चाहिए यानी करनी पड़ जाए तो पहले आप दक्षिण की ओर चार पक्ष चलिएगा इसके बाद उत्तर दिशा में तिल का सेवन करके इलायची का सेवन करके पिस्ते का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं और फिर आपकी यात्राएँ प्रभावशाली रहेगी जो अग्निवास रहता है सभी को आज पृथ्वी पर रहेगा तो ये तो था दर्शक को हमारा पंचांग राशिफल क्या कहता है मेध से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए तो आगे बढ़े दर्शकों वार्षिक राशिफल देखिए 2020 का हमने सभी राशियों पर डाल दिया है अक्टूबर माह का भी राशिफल सभी राशियों का हमारे चैनल पर पड़ गया है आप लोग जा करके देख सकते हैं और अपनी कुंडली का आप लोग यदि हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं मेफ राशि के जातकों आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्राओं पर किसी मंदिर इत्यादि जगहों पर जा सकते हैं घर में नए मेहमान के आने की संभावनाएं रहेगी जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा जीवन साथी के साथ आज सामंजस्य स्थापित आपका अच्छा होगा किसी मित्र के साथ आज आप बाहर घूमने जा सकते हैं आज बिजनेस में कोई बहुत बड़ा आज आपको ऑफर आता हुआ दिखाई पड़ रहा कामकाज के दृष्टिकोण से यदि करें तो आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे कोशिश कीजिएगा गणपति का पाठ करिए धन लाभ के अवसर आज आपके बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा वृषभ राशि के जात आज परिवार में मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी जो कोई आर्ट्स स्टूडेंट हैं इनको आज अपने अध्यापक का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज किसी विषय को जो है समझने में बड़ी आसानी आपको होगी आज कोशिश कीजिएगा कि व्यवसाय से जुड़े जो नए अवसर आपको प्राप्त होंगे उसमें अपने शब्दों का चयन करिएगा आपके पार्टनर के साथ जिनके साथ आप व्यापार करते हैं उनके साथ आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा सामाजिक स्तर पर आज आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी इसमें कोई दो राय नहीं है आज आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद मिल सकता है नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में लाभ मिलेगा कार्यस्थल पर आज आपका प्रदर्शन बहुत शानदार रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज मंदिर में इलायची का और शहद का दान करिए आपका मान सम्मान बढ़ेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन शुभ दिशा दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा। वही के को आज आपको किसी की प्राप्ति सितारे संकेत दे रहे हैं आज आपको मेहनत का फल प्राप्त होगा पूर्व में किए गए निवेश से आज लाभ मिलेगा यात्राएं लंबी दूरी की होंगी और फायदेमंद होगी जीवन साथी का सहयोग मिलने से आज आपका मन बहुत ज्यादा उत्साहित रहेगा यदि कोई कपड़े की शॉप है आपकी या कपड़ों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं तो आज आपको ज़बरदस्त इंक्रीज़ बिजनेस में देखने को मिलेगा किसी ज़रूरतमंद को कोशिश कीजिएगा कि आज मसूर की दाल का आप लोग दान करिए और कोशिश यह करिएगा कि अगर किन्नर कहीं दिख जाएं तो उनको मीठा जरूर खिलाइए। शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा कर्क राशि के जातकों कारोबार संबंधी यात्राओं का योग बन रहा है धन लाभ होने की उम्मीद है आज, आज आपको किसी घरेलू काम की में जो है आपकी जो गति हो सकती है धीमी हो सकती है आज उच्चाधिकारियों से आपको लाभ मिलेगा आज, आज आपके नेम और प्रेम में इजाफा जो है मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम यदि आपने बनाया है तो आज पोस्ट हो सकता है सेहत के लिहाज से आज, आज आपको तली भुनी चीजों से दूर रहना चाहिए इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है कोशिश कीजिएगा कि आज पार्टनरशिप के साथ जो है जो है आपके पार्टनर हो उनसे आपका झगड़ा ना हो पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस कर रहे हैं हस्ताक्षर करने से पहले आपको बहुत अच्छे से जो है कागज पढ़ लेना है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज प्रातःकाल दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा वहीं सिंह राशि के जातकों आज आपको जीवन साथी की मदद से कोई काम आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है दोस्तों की सलाह आज बड़ी फायदेमंद रहेगी आज आपको पैसे कमाने के नए नए सोर्स प्राप्त होंगे आज अध्यापक लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है किसी न किसी काम में आज उनको सफलता मिलेगी स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव अप डाउन बने रहेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज कोई फैसला जल्दबाजी में मत करिएगा इससे आपको बचना है अन्यथा आपके काम बिगड़ने की संभावना ज़्यादा हो सकती है आ, किसी ब्राह्मण का पैर छूकर के आज आशीर्वाद लीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद आतिथि हृदय स्रोत का पाठ करिए आपके लिए शुभ अंक रहेगा पास शुभ कलर रहेगा ये रहेगा भगवा कलर शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा वही कन्या राशि के जातकों आज आपका कोई जरूरी काम जो है आप निपटाने में सफल होंगे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी आज आपका प्रेम संबंध मधुरता से भरपूर रहेगा दोस्तों के साथ आज आप आउटडोर पर जा सकते हैं धन से जुड़ी चिंताएं दूर हो सकते होती हुई दिखाई पड़ रही है कार्य क्षमता के बल पर आज आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे कोशिश कीजिएगा कि आज भरपूर नींद लीजिएगा जो कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इंजीनियर हैं और कन्या राशि के हैं उनके लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा आज आपके कामकाज में सफलता सुनिश्चित होती हुई दिखाई पड़ रही है कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग शिवलिंग पर जल में इलायची डालकर के ओम नम शिवा यह रहेगा आसमानी रहेगा पांच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर पूर्व दिशा वही तुला राशि के जातकों तो आज विशेष काम में मित्रों से बेहतर सलाह आपको मिलेगी जिससे आपका काम आसान होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप खुद को आलस्य से भरा हुआ महसूस करेंगे आज आपको जो है कोशिश कीजिएगा कि व्यायाम करिए नहीं तो आज आपकी तबीयत खराब हो सकती है और आज आप कुछ बुझे बुझे रहेंगे। बुझे का मतलब कि आज आपके एनर्जी लेवल डाउन रहेगा किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से आज, आज आपको बचना रहेगा तुला राशि के जातक है फैशन डिजाइनिंग से कोर्स कर रहे हैं तो आज आपके लिए अच्छा दिन रहने वाला है आज आपके साथ फिलहाल कुल मिलाकर के ठीक होगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा कोशिश कीजिएगा गणेश जी को आज दूरबा आप अर्पित कीजिए ओम गंगा गणपतः नमः मंत्र से दिन आपका अच्छा जाएगा शुभ कलर रहेगा आपके लिए ये रहेगा ग्रह शुभ अंक रहेगा ये रहेगा साथ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा वृश्चिक राशि तो आज व्यापार में आपकी सफलता सुनिश्चित है धन लाभ के सुनहरे मौके मिलेंगे और आज आप कहीं पर बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए खास करके जो लोग फूड से रिलेटेड चेन चला रहे हैं या बिजनेस है उनके धन में वृद्धि होने की संभावना है आज उच्च उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे घर पर नए मेहमानों का आगमन संभव है आज आप अपने कैरियर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और आपकी कोशिश आज कामयाब होगी आज ऑफिस में कुछ लोग आपकी सकारात्मक सोच से प्रभावित होते हुए दिखाई पड़े पड़ेंगे जीवन में आज पत्नी का सहयोग मिलना बहुत जरूरी है और उनका सहयोग मिलेगा आपके साथ खड़ी रहेंगी तो जीवन में आज आपको सुख की भी प्राप्ति होगी और संतान के कारण आज आपको कोई नेम और फेम भी मिलेगा कोशिश कीजिएगा कि आज गाय को आप हरा चारा खिलाइए काला नमक डाल करके शुभ अंक आपके लिए रहेगा, शुभ कलर आपके लिए रहेगा, भाई शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा वही के आज आपके से घर में रौनक का माहौल रहेगा नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा नौकरी से जुड़ी कोई खास खुशखबरी आज आपको मिलेगी आज आपको कार्य में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जीवन साथी के साथ आज आप कहीं शाम को बाहर जा सकते हैं घूमने सामाजिक स्तर पर आज आप लोगों की मदद प्राप्त प्राप्त होती हुई आ रही है मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अवसर होंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन ओम मंत्र का 108 बार जाप करिए और हरे रंग के वस्त्रों का दान धर्म स्थान पर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण कैप्रिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा कैरियर में आपको अपने टीचर का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा आज काम की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आज कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा वॉक जरूर करिएगा आज आपको दूसरों की नकारात्मक सोच से बचने की यहाँ सितारे सलाह दे हैं परिवार वालों के साथ किसी टूर का प्लान बनाएंगे लेन देन के मामलों में आज सावधानी बरतने की जरूरत है कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग जो है आ, साबुत मूव जो होती है इसका दान किसी गरीब को आप लोग जरूर करिए आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा तो मकर राशि के जातकों आपके लिए शुभ कलर क्या रहेगा आसमानी कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी दक्षिण दिशा एक्वाइट्स जी हाँ कुंभ राशि लेकिन दर्शकों दिल्ली में यदि मिलना चाहते हैं अक्टूबर में तो आप लोग मिल सकते हैं और यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए वृषभ राशि के जातकों का कुंभ राशि के जातकों का मे से लेकर के मेन इवेंट हम कहते हैं जितनी भी राशियाँ हैं सबका वार्षिक राशिफल दो भी डाल दिए हैं अक्टूबर माह का भी राशिफल डाल दिए हैं हमारे चैनल पर आप विजिट करिए प्ले में जाइए और देखिए और दीपावली आ रही है तो अक्टूबर माह के जो राशिफल की विशेषता है कि उसमें दीपावली से जुड़ा प्रयोग भी हमने सम्मिलित किया है कुंभ राशि के जातकों आज परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा दांपत्य जीवन में आज जो है आपसी सामंजस्य बेहतर रहेगा सेहत के लिहाज से आज आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे ऑफिस में लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे साथ ही आपसे आज जुड़ने की कोशिश करेंगे आई सेक्टर से जुड़े स्टूडेंट्स को आज सफलता प्राप्त होगी भाई बहनों के साथ आज आपके संबंध बेहतर होंगे आज किसी काम में आपको पूरा पूरा सहयोग अपने घर वालों का मिलेगा घर की सुख समृद्धि में आज वृद्धि होगी मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आज शानदार दिन रहने वाला है वहाँ सावधानी पूर्वक आप लोग चलिएगा। उपाय क्या करना है उपाय के तौर पर कोशिश कीजिएगा कि आप दुर्गा सप्तस्वती के सिद्ध पुंजिका स्त्रोत का, का पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा पर्पल कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और शुभ दिशा रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं तो मेन राशि के जात को आज आपके अंदर आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी साथ ही आपको तरक्की के तमाम अवसर प्राप्त होंगे आज धार्मिक यात्राओं पर आप जाने की योजना बना सकते हैं व्यापार में मुनाफा होने की प्रबल उम्मीद है स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बेहतर रहेगा आज आपको कोई नया काम करने के बारे में सोचना जो है सोच सकते हैं दांपत्य जीवन में सलाह मशुरा से सब कुछ अच्छा रहेगा जो कोई कॉमर्स से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज स्थान परिवर्तन के देखिए योग भी बन रहे हैं पूर्व में किए गए निवेशों से आज आपके धन लाभ होंगे और आज के दिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधानी रखनी होगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन महलियों को आप चारा खिलाइए मतलब आटे से बनी हुई गोली आप डाल सकते हैं दूसरा आप लोग पुरुष सूत्र का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा जो है रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षण दिशा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख हैं तो हमारे इस पेज को लाइक हमें फॉलो करिए और हमारी वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार